हेलो माय स्वागत है दोस्तों की बारे में आपको बताने वाला हूँ स्त्री रसायन वटी का बिल्कुल फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ दोस्तों तो को कबूल करते हुए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन इसको प्रेस करके बेल आइकोन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए इस इस वीडियो के कमेंट कमेंट सेक्शन में कच्चा सा करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में में और के स्टेटस में लगाते हुए शेयर कर दीजिए अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये जो ये फ्री में, में बिल्कुल देने वाला हूँ समय ना गवाते हुए दोस्तों इस वीडियो को तुरंत हम शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पतंजलि रसायन चाहिए या अगर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फोन लगा के आपको जो भी बीमारी के प्रति आपको कंसल्टेशन चाहिए जो भी हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल करूंगा और अगर आपको जो भी दवाई चाहिए वो कुरियर के द्वारा आपके घर पर आपको पहुंचा दूंगा तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं डिटेल में आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य स्त्री रसायन बटी देखिये यहाँ पे दिव्य लिखा है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हुईगा क्योंकि पतंजलि की जो दवाइया बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो एफ एम होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो वो आपकी पतंजलि की फार्मेसी में बनता है तो इसके ऊपर दीबी लिखा हुआ है था बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है पतंजलि की दवाई की बात कर रहे हो तो पतंजलि की जो दवाइयां होती है वो दीवी फार्मेसी में बनती है ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्त्री रसायन वटी देखिए स्त्री रसायन वटी का मतलब क्या होता है स्त्री मतलब होता है महिला रसायन वटी का मतलब महिला के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसलिए उसका नाम रसायन दिया गया है ठीक है तो इसलिए रसायन वटी मतलब महिलाओं की प्रॉब्लम को दूर करने वाली गोली बटी मतलब गोली ए प्रोडक्ट ऑफ दिव्य फार्मेसी जैसा मैंने बताया दिव्य फार्मेसी का प्रोडक्ट है 80 टेबलेट्स 80 टेबलेट दोस्तों इसके अंदर आती है दोस्तों इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसके ऊपर होलोग्राम लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पतंजलि की जब भी आप कोई दवाई ले तो बिल्कुल ओरिजिनल लें क्योंकि ओरिजिनल के ऊपर होलोग्राम आपको देखने को जरूर मिलेगा पतंजलि के नाम से बहुत सारे डुप्लीकेट मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है तो सावधान हो जाइए और दूसरी बात एक बात और बता दूं कि मुझे कई सारे पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि जब वो पतंजलि चिकित्सालय पे या किसी दुकान पे जाते हैं स्त्री रसायनवटी मांगते हैं तो बोलते हैं है, है, तो मेरे को सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि भैया आप लोगों को समस्या क्या है जो किसी पेशेंट को कोई दवाई चाहिए तो आप लोग क्यों नहीं देते हो ठीक है झूठ क्यों बोलते वो लोग बोलते हैं कि ये बंद हो गई है पतंजलि ने बनाना बंद कर दी है तो बनाना बंद कर दी तो मेरे पास छे छह डबिया कहां से आई ये मैंने घर पे बनाई नहीं बनाई ना तो आप समझो ऐसा कुछ नहीं हुआ है नहीं मिले ना आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करो आपको कितनी चाहिए सो दो सौ पांच सौ हजार कितनी चाहिए मैं आपको कोरियर के द्वारा भेज दूंगा ठीक है दो प्लीज ऐसी जो है अफवाह मत फैलाओ कि पतंजलि की, की दवाइयां बंद हो गई है और ऐसा वैसा देखिए इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है कंपोजिशन देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन मतलब ये एक है, ये एक दवाई है और दवाइयों को अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इसको किसी डॉक्टर की या किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन या मार्गदर्शन में ही आप ले अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इसके अंदर मिला हुआ है दोस्तों शिवलिंगी पारस पीपल नाग अश्वगंधा शरपुंखा शतावर मुलेठी आवला देवदारू कमल जी, पुत्र जीवक वंशलोचन लोह भस्म शुद्ध शिलाजित और गुगुल शुद्ध दोस्तों इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई है इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर दूसरा कोई भी आइटम नहीं मिला हुआ है दोस्तों इसके अंदर डोजेस में लिखा हुआ है कि इसको लेना कैसे तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों दवाइयों को मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको जितनी भी बीमारी भी बताऊंगा तो वो जो बीमारियां हैं वो आपकी बीमारी जो है कंप्लीट डोज जब आप इसके साथ में लेंगे मतलब इस दवाई के साथ में आपको और कौन सी दवाई लेनी है क्या लेना है जब उसके साथ में आप लेंगे तब आपको वो पूरा फायदा मिलेगा ठीक है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा देखिए इसमें लिखा हुआ है केवल पढ़ के बता रहा हूँ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं फिर से बता रहा हूँ वाटर और मिल्क और एस डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन मतलब एक से दो गोली लेना है आपको खाना खाने के बाद में पानी से या दूध से या फिर अपने किसी चिकित्सक के परामर्शानुसार ही इसे लेवे इंडिकेशन मतलब ये क्या-क्या काम आती है? है, देखिए, यूज़फुल इन गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एस ठीक और लिकोरिया इतनी बीमारी में दोस्तों ये काम आती है हालांकि इससे कई बीमारियों में काम आती है इसके ऊपर इतना ही लिखा हुआ था बस इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप वो किन किन बीमारी में काम आती है और दोस्तों देखिए मैं ठीक है मतलब जो महिलाओं के लोग होते हैं जो फीमेल की जो प्रॉब्लम होती है सभी में काम आती है ठीक है चाहे प्रॉब्लम छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो ठीक है इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अगर मासिक धर्म में अनियमितता है ठीक है मतलब इनरेगुलर पीरियड से ठीक है, हैल डिसऑर्डर से तो उसमें आप पतंजलि के दिव्य स्त्री दसा मिट्टी का सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है रक्तस्राव होता है ठीक है।, मतलब तो है या अल्पता तो भी आप पतंजलिट डोज के साथ में बिल्कुल सेवन कर सकते हैं अगर आपको लिपकोरिया की समस्या है सफेद पानी की समस्या है तो ऐसे में आप पतंजलि की दिव्य स्त्री रसायनवटी का उपयोग अगर करते हैं तो देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी लिपकोरिया की समस्या हल हो जाती है जिन लोगों को प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लोग भी अगर पतंजलि की दीवे स्त्री रसनवटी का अगर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है उसमें आपको काफी हद तक जो है आराम देखने को मिलता है जिन लोगों को पी सी ओडी पी सीओलिस्टिक लोग भी अगर पतंजलि के दीवे स्त्री रसावटी का सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको इसमें फायदा देखने को मिलता है दोस्तों फिर से बता रहा हूँ मैं जितनी भी बीमारियां यहाँ पे बता रहा हूँ कंप्लीट डोज के साथ में लेना है मन से बिल्कुल नहीं लेना है ठीक है तो इसमें आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलता है जिन लोगों को लेवल लो है या फिर हारमोन की प्रॉब्लम है ठीक है तो ऐसे में आप इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं जिन लेडीजों को ट्यूब ब्लॉकेज है ठीक है मतलब आ, जो अवरोध हो जाता है जो आपकी जो ट्यूब होती है उसके अंदर ब्लोकेज हो जाता है ठीक है गर्भाशय नलिका अवरोध बोलते हैं उसको प्योर हिंदी में ठीक है गर्भाशय नलिका अवरोध ठीक है अगर ट्यूब लोकेज भी हो जाता है तो ऐसे में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को कमजोरी आ गई है थकान आ गई है वीकनेस आ गई है हाथ पैर दर्द करते हैं जोर दर्द करते हैं लेडीजों की बात कर रहा हूँ स्पेशल कमर दर्द करती है तो ऐसे लड़कियां भी अगर इसका सेवन करती है तो आप देखेंगे खत्म हो जाती है कई फायदे हैं लेडीजों की प्रॉब्लम में लेकिन डिपेंड करता है कि उनको प्रॉब्लम किस वजह से हुई है क्या प्रॉब्लम है और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना है इसको किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन अनुसार ही इसको लेना है या फिर आप मुझे स्क्रीन पे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन के समझ के आपको बताऊंगा कि आपको ये तरह लेना है नहीं लेना है अगर लेना है तो उसके साथ और कौन सी दवाई लेना है कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है मैं आपको सारी चीज बताऊंगा आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है बस वही फोन कीजिए जिसके पास व्हाट्सअप है तो पहले व्हाट्सअप कीजिए फिर आपका नंबर आने पर मैं खुद ही आपको फोन करूंगा एक और निवेदन है जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो वीडियो का लिंक आपको आएगा प्लीज उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा इसके बाद में मैं आपको फोन करूंगा और आपकी जो भी मदद है वो जो भी प्रॉब्लम है उसकी ये लिए या उसके रिगार्डिंग मैं आपकी पूरी मदद करूंगा मतलब दोस्तों ओवरऑल लेडीजों की सभी प्रकार की समस्या में पतंजलि के, के बारे में आपको नहीं बताया हो तो प्लीज के दो से तीन घंटे के अंदर आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों अगर आपको आपकी कोई बीमारी है आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बनवाना चाहते हैं तो प्लीज ऐसी कंडीशन में भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी डिमांड के ऊपर आपके लिए ये वीडियो जो है जो भी आपकी डिमांडेबल वीडियो है वो जरूर लेके आऊंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दोस्तों अभी तक आपने इस गीव अभी में पार्टिसिपेट कर लिया होगा दोस्तों ये जो छे गोलियों की डब्बी है छे स्त्री रसायन भट्टी है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ पोस्ट में दे रहा हूँ तो दोस्तों अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप और फेसबुक पे इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप में जो है छह स्त्री दसायन बटी बिल्कुल फ्री में दे सकूं तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करने के लिए हृदय की गहराइय से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए आप हमेशा हंसते रहिए खिलखिलाते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्थ रहे निरोगी रहे बस दोस्तों अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर